कैसे है आप सब मैं सैदा आयशा शाह बुखारी आप सब को खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने ही चैनल असादात में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लोग आपके लिए किस तरह का चर्चा कर रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ये वीडियो कोई भी देख सकता है मेल फीमेल सबकी एनर्जीज इसमें मौजूद है अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ तो वीडियो का टॉपिक ये था की लोग आपके लिए किस तरह का चर्चा करते हैं अब इसमें जो बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ दो किस्म के लोग जो हैं वो मुझे दिखते हैं जैसे कि बहुत से लोग आप में ऐसे हैं इस वीडियो को देखने वाले जो हैं अपनी कंपनी में बहुत खुश रहते हैं अपने आप के साथ वो बहुत खुश रहते हैं आप इस तरह के इंसान हो सकते हैं की कोई है तो ठीक वर्णा आप खुद के साथ भी बहुत खुश रहते हो आप मतलब किसी के पीछे भागते नहीं है दूसरा जो है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकत भी हुए हैं जो ना आप किसी से शेयर कर सकते हैं और ना ही आसानी से जो है आप उसे उभर के बाहर आए हुए होंगे बहुत मेहनत लगी होगी उन वाकयात या जो भी आपके साथ हुआ उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत से लोगों के लिए तो ये आ रहा है और कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना क्रिएटिव इंसान हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है की आप तो बहुत जिंदा दिल इंसान हो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है हमेशा हर चीज को एंजॉय करते हैं अकेले में भी रहते हैं तो भी खुश रहते हैं और आपके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा ये लोगों की सोच है आपके लिए आ, बहुत कुछ आप लोगों को दिखा कर भी नहीं दिखाते मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास कोई भी इंसान आया है तो आप अपना जो है वो दुखड़ा नहीं रोने लग जाते आपको अपनी प्रॉब्लम मतलब बताने का के होता है कि इंसान जो है वो बताने शुरू हो जाए कि हाँ जी मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है नहीं आप ऐसे नहीं है आप लोगों से ऐसे ही मिलते हो जैसे आप पहले भी मिलते थे मतलब जिंदा दिल ठीक है और मुझे ये भी लग रहा है कि लोग ये भी कहते हैं आपके मुतलिक आपको देख के ये इंसान वक्त के साथ चलना जानता है इसको पता है कि कैसे अपने आप को अपडेट करना है कैसे खुद को दूसरों के माहौल में ढालना है कैसे दूसरे के सामने प्रजेंट करना है ये बाखूबी चीज को आती है कुछ लोग ऐसे हैं इस वीडियो को देखने वाले आ, जो सिर्फ अपने आ, करियर तक ही महदूर हैं, मतलब अपनी ही मस्ती में मगन हैं। इनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कह रहा है किस लिए कह रहा है क्यों कह रहा है इनको फर्क नहीं पड़ता तो ये लोग भी कह रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है की फजूल लोगो ऐसी बात नहीं करता या फजूल चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता या करती इनको ये भी लगता है की आप बहुत मेहनती इंसान हो और आपकी मेहनत दूसरों को नजर भी आती है तो बच्चे में तो आप रहते ही हैं लोगों के ठीक है जब भी आपका नाम आता है तो ये कहते हैं आपकी पीठ पीछे लोग कि अगर किसी ने बनना है तो इन जैसा बनिए इस तरह का बनके दिखाओ हाँ खामियां तो सब में मौजूद होती हैं और अच्छाइयां भी हैं लेकिन अभी जो दिख रहा है इस वक्त आप बहुत आ, मुस्बत है यानी की लोग जो है वो आपकी अच्छाई की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो जानना चाहते है की आप इतने खुश कैसे हो आप वक्त के साथ खुद को अपडेट कैसे कर रहे हो आपके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है ये नॉलेज जो है मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो लोगों का फोकस है वो इस चीज पे है कि आपका लहजा कैसे आप ये लहजा रख सकते हैं या कैसे लोगों को आप खुश कर सकते हैं कैसे आप जो है मतलब सवालों के जवाब के लिए आप वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं जैसे लोगों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा है लोगों के साथ आपने तालमेल बहुत अच्छा बनाकर रखा हुआ है अगर आप कामयाब इंसान हो तो मेरी दुआ है कि रब आपको बहुत और कामयाब करे अपने हिफो अमान में रखे और अगर अभी तक आप कामयाब नहीं हैं तो आप यकीन जानिए कि लोगों को तो पूरा पूरा यकीन है आपको देखते हुए कि आप जरूर कामयाब होंगे इनको पता है क्योंकि आप में वो सारी चीजें मौजूद हैं बस आप जो है ना वो खुद पे भरोसा करें और मुझे लगता है कि आप जो हैं वो खुद डाउट में रहते हैं कि पता नहीं में कामयाब होंगे या नहीं होगा इस तरह करके लेकिन लोगों को पता है कि आपने कामयाब होना है आ, लोगों को ऐसा भी लगता है आपको देख जिस चीज का वो चर्चा करते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है जैसे कि आप ये सोचते हैं और होना भी चाहिए कि लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का पता भी नहीं होना चाहिए कि हमारी टेंशन है और लोगों को लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हमारी है हमारे तक ही रहती है और हमारे तक ही रहनी चाहिए हमने अपनी उन मुश्किलात का हल जो है वो खुद निकालना है लोगों को बता के तो सिर्फ नुकसान है लोग हंसते हैं पीढ़ पीछे बातें करते हैं ये इस वजह से हुआ था ये इसको इस चीज़ की सजा मिली है और उनको बस मौका मिल जाता है तो बस अपने जो सीक्रेट्स हैं ना वो अपने तक ही रखें किसी को कुछ ना बताएं लोगों को ये लगे कि आप तो बहुत खुश हो और ये ही सबसे बड़ी हमारी जीत होती है यहाँ मुझे एक तो कामयाबी नजर आई है और दूसरों के लिए कि वो कामयाब हैं या जरूर होने वाले हैं और बस जो है ना सेल्फ डाउट खत्म कर दो और दूसरी चीज ऐसे इंसान नजर आ रहे है इस वीडियो को देखने वाले अनके पास बहुत जिंदगी का तजर्बा है ठीक है और ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है और उनके पास बहुत जो है ना नॉलेज है जिंदगी का आ, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह के हवाले अल्लाह हाफिज